हम सेम एक्शन लेते हैं लेकिन अलग रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं ये एक बहुत बड़ा साइन है एक बेवकूफ आदमी का एक बेवकूफ इंसान का कि वो सेम एक्शंस को बार बार बार बार रिपीट करते रहते हैं बट एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट अब बार कुछ अलग आ जाएगा जैसा करोगे वैसा ही आएगा इस बात को बारीकी से समझना होता है दिस इज द साइन ऑफ एन इंटेलिजेंस पर्सन उसको तो समझ आना चाहिए कि अगर मैंने कुछ नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलने वाला ऐसा बहुत लोग नहीं करते हैं में जीते हैं मान लो कोई बिजनेस ट्राई किया करने का और वो फेल हो गया तो बजाय ये सोचने के कि वो क्यों फेल हुआ अगली बार दोबारा से मेरी वीडियोस लगा ली चार्टअप हो गए कि तुझे करना है, है, है, है, है, है। चार्टअप होते चले जा रहे हैं अपनी एनर्जी को बढ़ाते चले जा रहे हैं दोबारा ट्राई कर रहे हैं एक और बिजनेस करने का वहां भी फेल हो रहे हैं तीसरी बार कर रहे हैं वहां भी फेल हो रहे हैं चौथी बार कर रहे हैं वहां भी फेल हो रहे हैं हर बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं इस बार तो पता नहीं क्या हो जाएगा गड़बड़ क्या हो रही है कि वो अपने एक्शन को ऑब्जर्व नहीं कर रहे वो ये नहीं देख रहे हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं बार बार मतलब सेम गलती को बार बार रिपीट कर दो ये बेवकूफी की निशानी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ उल्टा सीधा खाने की आदत पड़ी हुई है जब तक वो खाते रहोगे बॉडी में गड़बड़ होती रहेगी अब जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लो उससे कुछ नहीं होने वाला। टेम्प्रेरी बेसिस पे ठीक हो जाएगा लेकिन जब तक वो खाते रहोगे तब तक गड़बड़ होती रहेगी तो हमको क्या चेंज करना पड़ेगा यहाँ पेक्शन अपने एक्शन को यानी अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा या ये कह लो अगर इसको एक वर्ड में बोला जाए अपनी हैबिट को चेंज करना पड़ेगा लेकिन कभी भी एक्चुअल में हम खुद की आदतों को बदलने के ऊपर काम नहीं करते हैं क्योंकि खुद की आदत को बदलने का मतलब क्या एक बहुत बड़ा पेन और एक बहुत बड़ा एफर्ट एक्चुअल में अगर एफर्ट अगर आप ध्यान से समझोगे एफर्ट की डेफिनेशन वो क्या है अगर अपनी आंतों को बदलना नहीं है फॉर एग्जांपल अगर आपका गोल फिटनेस है तो ईटिंग हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए विच यू फिटनेस तो पहला साइन हमको क्या मिला कि हम सेम एक्शंस ले रहे हैं लेकिन डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं यह है पहला दूसरा क्या है कि हम एक्शन तो ले रहे हैं बट सही डायरेक्शन में नहीं ले रहे अब सही डायरेक्शन में क्यों नहीं लेते हम मैशन ध्यान से सुनना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कुछ लोगों के अंदर ना करने का कीड़ा होता है वो जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव होते हैं और उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी वीडियोस रोल प्ले कर रही होती है मेरी कुछ वीडियोज देख ली ऊपर ऊपर से डीपली नहीं समझा क्योंकि एक है उसकी डेप्थ को आप समझने की कोशिश करो उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन नहीं ऊपर ऊपर से वीडियोज देखी या और कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखी या थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ी बस चार्ज चार्जअप हो गए एक्शन लेने के लिए फॉर एग्जांपल एकदम से कोई वीडियो देखी जिम जाने के लिए चार्ज अप हो गए हो और एकदम से गए जा करके 50 किलो उठाया <laughs> उसके बाद में हो गई स्लिप डिस्क उसमें पांच साल के लिए बिस्तर में पड़े हुए हैं आप अभी हंस रहे हो ऐसे बहुत लोग हैं अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना आँखें खोल करके आपको नजर आ जाएगा ऐसे में तो मैं आपको अपने दोस्त का एग्जाम्पल देता हूँ उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि हो सकता है वीडियो देखने उसे देखता नहीं है वो कहावत सुनिए ना घर की मुर्गी हाँ अब उस बंदे की क्या बात है? जो मैं सेकंड साइन की बात कर रहा करेल के एक्शन ले रहे हैं, हैं। मेहनत बहुत कर रहे हैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे ऐसा क्यों होता है ध्यान से समझना वो जो एक्शन है वो सही डायरेक्शन में नहीं अब वो सही डायरेक्शन में क्यों नहीं है क्योंकि हम एरोगेंट हैं। दिस डायलॉग आपने सुना होगा मुझे मत बताओ मुझे पता है। है। बड़ा कॉमन डायलॉग इनफैक्ट ये जो मैं अपने दोस्त की बात कर रहा हूं उसमें इतनी पॉजिटिविटी है मेरी जो पॉजिटिविटी है उसको मल्टीप्लाइड बाई वन कर दो इतना पॉजिटिव है वो बताओ मतलब जब भी उससे बात करो ओ यार संदीप देखना भाई तूने तो मुझे भी चमका दिया इतना कुछ करने वाला है तुम और वो बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहा है कुछ नहीं हो पा रहा है इनफैक्ट जो था वो भी सब हाथ से गया उसके ऊपर लोन आ चुका है बहुत बड़े अमाउंट का लोन और जब वो बिजनेस कर रहा था तब मुझे साफ नजर आ रहा था कि वो बिजनेस फेल होने वाला है आपने मैंने पूरी कोशिश करी बताने की लेकिन उसका इंटरेस्ट ही नहीं था सुनने में क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव था और उसको पता था कि वो क्या कर रहा है जबकि एक्चुअल उसको नहीं पता क्योंकि उसका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था बट उसको ये गलत फहमी हो गई कि मुझे पता है दिस इज अ वेरी बिग प्लान हमें ये नहीं पता है कि कहां दिमाग को खुला रखना है और कहा बंद करना है मतलब ये जो दूसरा साइन है वो क्या है फुलिशनेस का दिमाग बंद हो जाए वहां पर जहां पर दिमाग खुला होना चाहिए जहाँ पर हमें सीखना है वहाँ पर जाकर के हम बोल हैं कि हमें तो पता है तो कोई क्यों आपको कुछ बताएगा जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था तो मुझे कोई भी मिल जाता था ना जो बिज़नेस में एक लेवल पे है तो मैं उसको पकड़ करके बैठ जाता था जब तक कि वो बंदा पक ना जाए पूरी तरह जब तक वो ये ना बोलते कि बस भाई बहुत हो गया तुझा भागया उसको पकड़ के बैठा रहता उससे पूछता रहता अच्छा ये कैसे होता है वो कैसे होता है ये क्या होता है वो क्या होता है मैं ये करो ये ठीक है ये नहीं है ये ऐसे है वैसे है ये वो और जो भी वो वहां पे उस डिस्कशन में जो भी होता था वहां से जो मैं सीखता था आकर के फटाफट -फड़ से पेपर पेन लेकर के लिखता था कि आज मैंने इस कॉन्वर्सेशन से क्या सीखा और जो भी मेरा प्लान होता था उसमें चेंजेस करता था तब जाकर के सक्सेसफुली एक है रियलिटी, एक है आपका बिलीफ आपका बिलीफ क्या, क्या कह रहा है इन्हें मुझे पता है कि मैं सही ट्रैक पे आपको पता है कि आप सही ट्रैक पे हो या आप एक्चुअल में सही ट्रैक पे हो आपको ऐसा लगता है या आप एक्चुअल में सही ट्रैक पे हो ये कैसे पता लगता है किसी ऐसे बंदे से इंटरेक्ट करके जो उस रास्ते पर चल चुका है यानी जंगल में आप कोई रास्ते पे भटक रहे हो पता कैसे लगेगा कि आप सही ट्रैक्ट कर तो? जब ऐसे किसी बंदे से आप बात करोगे जो वहां के सारे रास्तों को जानता है उससे इंटरेक्ट करोगे तब पता लगेगा ना उससे इंटरेक्ट क्यों करोगे जब आपको खुद पर डाउट होगा तभी तो पूछोगे मैन यू आर श्योर कि नहीं मुझे तो पता है मैं जो कर रहा हूं वो सही है तो क्यों पूछोगे बहुत लोग नहीं पूछते हैं इसको ईगो बोलते हैं इसको एरोगेंस बोलते हैं ये मुझे क्या सिखाएगा ये मुझे क्या बताएगा ये कौन होता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है मुझे सब पता मैं जो करूंगा वो खुद करूंगा ये बेवकूफ लोगों की निशानी है इसको हम स्ट्रेंथ समझते हैं जबकि ये वीकनेस है कि मैं ये मैं वो मैं ये स्ट्रेंथ नहीं है ये वीकनेस है और जिसको हम वीकनेस समझते हैं वो स्ट्रेंथ है वीकनेस हम किसे समझते हैं कि हमें खुद पे हो रहा है कि यार मुझे नहीं पता मतलब जो में बेवकूफ लग रहा है वो वो समझदार है बेवकूफ नहीं है बेवकूफ कौन लग रहा है जो बेवकूफ बन करके बैठा हुआ है और पूछ रहा है सबसे जाकर कोई कोई सीख रहा है तो जो भी सीख रहा होता है या जो पूछ रहा होता है वो तो बेवकूफी लगेगा ना जो बता रहा होता है वो है।